नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अमेजन सेल के बारे में दोस्तों आपने देखा हुआ कि काफ़ी टाइम से दोस्तों अमेजन के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी क्योंकि दोस्तों जो ये लॉकडाउन चल रहा था उस वजह से दोस्तों अमेजन ने अपना दोस्तों जो सेल है वो ऑफ कर रखा था बट दोस्तों अभी जब से लॉकडाउन अटा है यूपी के अंदर कई कई शहरों में तब से दोस्तों अमेजन के ऊपर सेल स्टार्ट हो चुकी है नौ तारीख से और दोस्तों ये चलने वाली बारह तारीख तक दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनको फ्लिपकार्ट की वजह अमेजन पर ज़्यादा भरोसा होता है दोस्तों उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों अमेजन पर 9 तारीख से 12 तारीख तक सेल स्टार्ट हो चुकी है इसका नाम दोस्तों मोबाइल सेविंग डे सेल जिसमें दोस्तों आप को आपको काफ़ी मोबाइल के ऊपर अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे और साथ ही दोस्तों, दोस्तों जिन लोगों के पास एच डी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उनको दोस्तों दस का डिस्काउंट अलग से देखने को मिलेगा दोस्तों जिन लोगों को अमेजन से कोई फ़ोन खरीदना है तो वो लोग इस सेल से कह सकते हैं जिसमें दोस्तों आपको अच्छे ऑफर के साथ और अच्छा बेड के डिस्काउंट के साथ आपको अच्छे ऑफर पर अच्छे प्राइस पर एक स्मार्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि तो दोस्तों आपको पता ही होगा रेडमी के दोस्तों जो नोट सीरीज होती है वो आपको ज़्यादातर एम अमेज़न के ऊपर देखने को मिलती है चाहे दोस्तों नाइन सीरीज हो चाहे टेन सीरीज हो और दोस्तों जो वन डिवाइस होते हैं वो भी दोस्तों आपको अमेजन पर देखने को मिलते हैं और साथ ही दोस्तों जो एम सीरीज होती है सैमसंग की वो भी आपको अमेजन के ऊपर ही देखने को मिलती है तो दोस्तों अगर आपको कोई स्मार्टफ़ोन खरीदना है जो दोस्तों तो अमेजन अमेजन पर आपको मिलता है तो आप इस सेल से उसे खरीद सकते हो जो दोस्तों 12 तारीख तक चलने वाली है और जिसमें साथ ही दोस्तों आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट देने दे को मिलेगा एच डी बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हो ये काफ़ी असाउंड होने यहाँ पे जिनके ऊपर आपको डिस्काउंट देने को मिल रहा है मैं आपको कोई प्राइ नहीं बताऊँगा और ना दोस्तों आपको कोई सेलेक्टेड फ़ोन बताऊँगा क्योंकि दोस्तों जो भी इस सेल पर फ़ोन मिल रहे हैं वो दोस्तों काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं और काफ़ी अच्छी प्राई पर आपको मिल रहे हैं तो आप इस सेल से इस चेल का फ़ायदा उठा सकते हो और यहाँ से कोई भी स्मार्टफोन भेज सकते हो जो दोस्तों आपको अमेन पर मिल रहे हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक उसे जरूर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद